हाय फ्रेंड्स आपका एकेडमी फिज़िकली पे स्वागत है आज हम देखेंगे यूनिट एंड मेज़रमेंट के बारे में पहले तो जान लेते फिजिक्स के बारे में इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी मैकनिक्स रिलेटेड देयर्स लॉ एक साइंस की ब्रांच है जो फिज़िकल क्वांटिटी के साथ डील्स करती है और मैकेनिक्स रिलेटेड लॉज रहते हैं अब हम जान लेते हैं फिजिकल कोांटिटी के बारे में दो क्वानटिटी विच कैन बी मेज़र्ड ऐसे क्वान्टी जो हम मेज़र कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक रॉड ली उसको हमने मेज़र किया 10 मीटर इसका मतलब हम उसे मेज़र कर सकते हैं जैसे ही टाइम सेकेंड मेज़र कर सकते हैं मास किलोग्राम में मेज़र कर सकते हैं अब हम जानते हैं यूनिट के बारे में द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेज़रमेंट ऑफ फिज़िकल क्वान्टिट्टी इज़ नोन एज यूनिट ऐसे रेफरेंस स्टैंडर्ड की जो फिज़िकल क्वान्टिट्टी को मेज़र करते थे उसे हम यूनिट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक रॉड ली उसकी लेंथ है सेवन मीटर मींस सेवन टाइम्स लार्जर उसकी लेंथ है उस स्टैंडर्ड लेंथ को कहते हैं हम मीटर मीटर एक यूनिट है जैसे कि टाइम टाइम का सेकंड यूनिट है जैसे कि मास मास का किलोग्राम एक यूनिट है एक स्टैंडर्ड यूनिट अब हम जानेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जानेंगे पहले डिफ़रेंट कंट्रीज़ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज़ करते थे जैसे कि सी दूसरा एम तीसरा एफ पी मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड सिस्टम एम के मास किलोग्राम सेकंड सिस्टम एफ पी एस फोर पाउंड सेकंड सिस्टम सी सिस्टम एंड एम सिस्टम को हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम और एफ सिस्टम को कहते हैं हम ब्रिटिश सिस्टम अब हम जानेंगे एसआई यूनिट के बारे में एसआई यूनिट का फुल फॉर्म है सिस्टमी इंटरनेशनली डी यूनिट और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट 1960 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई वेट और मेज़र के बारे में उसमें ऐसा SI सिस्टम को सभी ने एक्सेप्ट किया उसमें सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और डर क्वांटिटीज। अब हम जानेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में द फ़िज़िकल कोटिटी डज़ नाट डिपेंड अदर फिज़िकल कोंटिटी इज़ नोन एज फंडामेंटल क्वान्टिट्टी ऐसे क्वान्टिटी की जो दूसरे फिज़िकल कोंटिटी पर डिपेंड नहीं रहते थे उसे हम फंडामेंटल कोंटिटी कहते जैसे कि सात फंडामेंटल क्वान्टिट्टी है लेथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करेंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अब हम जानेंगे उन सात फंडामेंटल कोांटिटीज़ के बारे में उनके ऐसा SI यूनिट के बारे में और सिंबल के बारे में पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ उसका ऐसा SI यूनिट है मीटर और सिंबल है एम दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी मास ऐसा यूनिट है किलोग्राम और सिंबल है केजी। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम उसका ऐसा SI यूनिट है सेकंड सिम्बॉल है एस चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर उसका ऐसा यूनिट केल्विन और सिंबल है के पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट उसका ऐसा यूनिट है एम्पियर और सिंबल है ए सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसका ऐसा यूनिट है कैंडेला और सिंबल सी डी सेवेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसकी ऐसा यूनिट मोल और मो मौ, ओ सिंबल. अब हम जानते हैं डीरेल क्वांटिटी के बारे में डीरे क्वांटिटी क्या होती है द फिज़िकल क्वान्टिटी डिपेंड अपॉन अदर फिज़िकल कोंटिटी इज़ नोन एज डर क्वांटिटी. मतलब फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिज़िकल क्वांटिटी पर डिपेंड रहती है उसे हम डेराई क्वांटिटी कहते हैं आगे हम जानते हैं डेराई क्वांटिटी, उसका फार्मूला एसआई यूनिट और सिंबल। पहले क्वांटिटी है एरिया फार्मूला एज इक्वल टू एल स्क्वायर, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर सिम्बॉल एम स्क्वायर दूसरी कोंटिटी है वॉलीम फार्मूला वी इज इक्वल टू एल्थ क्यूब एस यूनिट क्यूबिक मीटर सिम्बॉल एम क्यूब तीसरी है डेंसिटी फार्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एसआई यूनिट है किलोग्राम पर वॉल्यूम और सिम्बॉल एक किलोग्राम पर एम क्यूब चौथी क्वांटिटी है वेलोसिटी, वी इज इक्वल टू डिसप्लेसमेंट टाइम ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड और सिम्बॉल है एम पर पांचवी क्वांटिटी है एसेलेशन फार्मूला है एज इक्वल टू वेलासिटी अपॉन टाइम, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सिंबल है एम अपॉन एस स्क्वा छबर की दूसरी क्वांटिटी है मोमेंटम फार्मूलाटम इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलासिटी एस यूनिट है किलोग्राम मीटर सेकेंड मीटर पर सेकेंड सिम्बॉल है के मीटर पर सेकंड। सातवी क्वांटिटी है फोर्स फार्मूला है एप इज़ इक्वल टू मास इनटू असल एसआई यूनिट न्यूटन और सिंबल है एन आठवीं दिव क्वांटिटी है एम्पियल्स फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम एसआई यूनिट है न्यूटन सेकंड और सिंबल है एन एस नाइन्थ क्वांटिटी है वर्क डन। फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस यूनिट न्यूटन मीटर एन एम सिम्बॉल दसवीं क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला वन हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वेर ऐसा यूनिट है जी सिंबॉल जे एलेवेंथ क्वान्टिटी है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू एम जी एच ऐसा यूनिट जियल सिम्बॉल जे ट्वेल्थ पावर फॉर्मूला P is equal to work done upon time. SI unit watt or symbol watt. Thirteenth quantity pressure formula. P is equal to force upon area. SI unit newton per meter square or symbol N per meter square.